<laughs> ना? मुझे एक तो झुक के बात बात करनी करनी चाहिए चाहिए. और ऊपर से धीरे बात मेरी मम्मी ने सिखाया यार. पर सर सर? आप क्या देख रहे My legs. <laughs> देख रहे? रहे क्यों क्यों? आपके पास भी वही टांगे मेरे पास भी वही टांगे मेरी थोड़ी अच्छी हैं. पर उनपे ये तो नहीं लिखा ना सर ATM, 24 परसों की बात है, मैं ट में थी और एक भिखारी ने आके मुझसे बोला कि बहन भगवान के नाम पे 20 रूपए दे दे मैंने 500 दे दिया बोलो क्यों क्या है दिल्ली में बहन बोलता कौन है आजकल? <laughs> इंडिया में औरतें दो कैटेगरीज में स्लॉटेड वन वन हॉर हॉर हॉर? एंड एंड अदर मैन, मैन। मैन, शी टू स्लीप व्हाट व्हाट अ अ आई एग्री, होली होगी अगर मना कर रही है तो या फिर ब्रो यू नो शी स्लेप्टिथ मे! कुछ अद्भुत ही है हमारा लॉजिक, अजीब सा। एक एक वेस्ट में एक लड़की गुंजन, 20 साल की हॉस्पिटल में जू जाइए अपनी जान के लिए क्यों क्या थी उसकी गलती वॉट वॉज अ क्राइम शीव जीन्स टू कॉलेज कोई करता है, ऐसे? कोई करता है? मत्ती मारी गई थी गुंजन की